अब हम मानव स्वास्थ्य और रोग के महत्वपूर्ण बिंदु को आज हम डील करने वाले हैं इसको इसमें हम आपको बताएंगे कि कि कोई भी मनुष्य बीमार क्यों होता है बीमार होने के कारण क्या हैं। उसमें से आपको हम एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं आज जो अभी भी ए पेचीस के रूप में जाना जाता है अब समझते हैं कि अमीबिया पेचिस उत्पन्न क्यों होता है उसका वजह क्या है यह किन प्रोटोजोआ के माध्यम से अमीबिया पेचिस उत्पन्न होता है यह किन किन अंगों को प्रभावित करता है इसके उत्पन्न होने के बाद लक्षण क्या दिखते हैं और उसके रोकथाम उपाय क्या करना है इस सभी तथ्य को हम पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ ये बताएँगे इसको इलाज कैसे किया जाए ताकि आपको पूर्ण रूप से इसका इलाज भी मिल जाएगा और आपके रोग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण भी हो जाएगा अब देखते हैं जो प्रोटोजोआस से प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने इस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। यह मुख्य रूप से मनुष्य के आंत के निचले हिस्सा में तो आंत का अलग अलग भाग होता है इसी आंत के भाग के जो निचला हिस्सा होता है उसमें सलेस्मा कहा जाता है उसको सलेस्मा अर्ध सलेस्मा का और पीसीए अस्तर इन सभी में प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो मल के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है अब बाहर निकलने के बाद अब किसी भी दूषित स्थान पर मल त्याग करने से या मल को निकालने से या मल को किसी आ, जल स्रोत में फेंकने से या मल के संपर्क में कोई वस्तु या कोई खाद्य पदार्थ आने से वो क्या होता है संक्रमित हो जाता है तो क्या मल के माध्यम से ये बाहर निकलता है और संक्रमण किससे किसके माध्यम से होता है तो संक्रमण मुख्य रूप से होता है जल से खाद्य पदार्थों से और मनुष्य के शरीर में क्या होता है प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद वो अमिवा के अंदर प्रवेश कर जाता है तो अमिवा के अंदर पर... अमावस के अंदर प्रवेश कर जाता है तो अमावस के अंदर जो प्रवेश करता है यह अमीबा अमाशय को प्रभावित करता है और उसमें बारी बारी से कोशिका विभाजन होने के कारण वह चार से आठ आठ से सोलह इस प्रकार से दू विवाहित होते रहता है और शरीर में उसकी संख्या बढ़ जाता है जो आपके शरीर में निम्न लक्षण उत्पन्न करेगा तो बार बार विवाहित होने के बाद क्या होता है यह एकीर्त को प्रभावित करता है एकीर्त के उत्पक को क्या करता है वह लगता है जिसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में यकीर्त में जो क्षमता होता है कम हो जाता है और उसमें बिलोरबिन नमक पदार्थ ज़्यादा निकलने लगता है शरीर में तापमान बढ़ जाता है इसलिए शरीर में फोरे उत्पन्न होना शुरू हो जाता है मतलब फोरे जब उत्पन्न होगा तो आपको कष्ट ज़्यादा होगा और साथ ही साथ दूसरा लक्षण है यह यह अंग के अंग में फोरे उत्पन्न करता है और पेट में दर्द करता है और मल त्याग के साथ मत रुधिर की मात्रा भी निकलना शुरू हो जाता है मतलब कि मल जब त्याग कीजिएगा आप तो वहाँ से रुधिर की मात्रा भी श्राबित होना होगा और पेट में तेज दर्द करेगा अब देखते हैं कि इसके रोग थाम कैसे करते हैं जब तो इस प्रकार का आपको बीमारी उत्पन्न हो जाए लक्षण जब आपको मालूम हो जाए तो उसके रोकथाम का उपाय करते हैं ध्यान रखिए तो रोकथाम खास करके रोग होने के पश्चात किया जाता है आ रोग रोकथाम खासकर के पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं लेकिन अगर जब किसी को रोग ग्रस्त हो जाएगा तो उसमें रोग रोकथाम करना अच्छी बात नहीं इसलिए रोग रोकथाम पहले से करते हैं और नियंत्रण रोग होने के बाद किया जाता है जब हम रोग रोकथाम करेंगे तो रोग रोकथाम क्या होता है तो जो मनुष्य के जो मनुष्य संक्रमित होता है उस मनुष्य को उस मनुष्य के मल को इधर उधर मतलब इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकनी चाहिए उसको मिट्टी में गाड़ देनी चाहिए ताकि उसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर अन्य जीव पर उसका प्रभाव नहीं पड़े अब समझते हैं कि सिर्फ मल को फेंकने से थर्मे हो जाएगा अगर आप अपनी सफाई खुद से नहीं कीजिएगा बेहतर सफाई व्यवस्था नहीं रखिएगा ठीक है तो आप इस प्रकार के बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं अब कोई व्यक्ति क्या करता है कि मल त्याग किया मल त्याग करने के बाद बच्चे के मल क्या करता है बहते स्रोत में नदी में जल स्रोत में फेंक देता है जिसके वजह से उस जल को सेवन करने वाला व्यक्तियों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ सकता है या उत्पन्न हो सकता है अब देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अच्छा फल या सब्जी को खाता है तो उससे पहले हाथ नहीं धोता है जो फल उस सामने आया और को खा लिया लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा कीजिएगा तो आपको अमीबिया पेटिस नमक बीमारी उत्पन्न हो सकता है और इसका लक्षण जो है बहुत खतरनाक होता है ठीक अब नियंत्रण जब यह रोग आपको हो जाएगा तो उस पर नियंत्रण कैसे करते हैं तो नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं रोगी को विश्राम करने देंगे ताकि उसके पेट में दर्द आसानी से आराम हो जाए और उसको नियंत्रण के साथ साथ तो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूड का सेवन करवाएंगे जो खास करके उसके उसमें शरीर में उसके शरीर में प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि करने का प्रयास करेगा मतलब प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाएगा और उस रोग से उस जीवन को मारने का प्रयास करेगा तो, तो सावधानी पूर्वक दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा जब नियंत्रण रोग हो जाए तो उसको नियंत्रण करने के लिए बिना दवाई का प्रयोग किए आपका इलाज पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा इसके अनुसार हमने कुछ दवाई का नाम लिखा है नाम है एमेटीन एमेटिन एक प्रकार का ऐसा दवाई है जो खास करके अमेव्या पेशी पर तत्कालिक नियंत्रण प्रदान करता है मतलब पूर्ण रूप से जल्दी कंट्रोल करेगा उसको और उसको उसके बाद दिया हाइड्रो तो एमेटिन डीहाइड्रोएमिटिन के माध्यम से भी इस पर नियंत्रण पा सकते हैं बायोफ बायोफॉर्म चीनोफॉर्म डायो डायडोक्विनी ये सब क्या है एक प्रकार का नॉर्मल दवाई है जिसका प्रयोग करने के बाद तत्कालिक सुविधा तत्कालिक आराम आपको मिल जाएगा लेकिन अगर चाहते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें तो एंटीबायोटिक्स में फोमागिलीन टामाइसिन एथ्रोमाइसिन और और ये सभी एंटीबायोटिक्स के प्रयोग करने के बाद इस जीवाणु पर पूर्ण रूप से बहुत कम समय में कंट्रोल होगा कंट्रोल होने के बाद आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाइएगा ऐसा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और इन सभी चीज़ को इन सभी पॉइंट को इन सभी बीमारी के बारे में पढ़कर के आपको बहुत तो अच्छा लगा होगा आ, अगर चैनल अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक अवश्य करें वीडियो जब तक पूर्ण रूप से नहीं देखिएगा तो ये पॉइंट आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा इसलिए पूर्ण रूप से देखने का प्रयास करिए प्रयास कीजिए धन्यवाद